भर दे खुदा सद से से मोहम्मद के मेरी जो को भर दे खुदा सद से है मोहम्मद के मेरी जो को भर दे खुदा सद से है मोहम्मद के गुनाहार भी गुनागा हम मद मे सद से